हेलो तो मेरे जगह चल रहे तो केसीएम से लो न्यू न्यू ले जगह आज क्या आज की न्यूज बहुत ही खतरनाक होने वाली गई तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और वीडियो लाइक कर रहे तो लाइक भी कर देना यार बिल्कुल फ्री होता है अगर अच्छी लगे तो ही करना भाई लेकिन मुझे मे तो आपको अच्छी लगेगी आर जी का जो फैन है गए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को और भी जरूर सेट करते हैं आज हमें बताने वाला गए आर जी कैमर गए हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर हमारी जो आइडिया उसकी प्रोफाइल देखिए और उनका रिएक्शन क्या कराने वाला वो देखना है आपको बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होने वाला गए तो आपके हंस हंस के भाई पागल हो जाओगे लेकिन भाई भाई अच्छा बोला लेकिन आपको पता है फनी है तो फनी फनी तो तो रिएक्शन दिया होगा देखिए गेमर कैसे में पा गया ब्रो ब्रो थैंक थैंक यू यू देखता ड्रीम यूट्यूबर तो ओ का भाई। इसका है बनना लोडूचंदी गेमर <laughs> क्या बात है ओके okay, nice, लेवल ब्रो ब्रो नाइस ड्रीम यूट्यूबर बंदा दोका मतलब करता है तो ठीक काम करो केड़ी अच्छी आपकी नाइस ओपी गाइस ड्रीम यूट्यूबर बहुत ओपी नाइस नाइस तगड़ा बहुत ओपी ले ले। रीजन